हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन कैसे बनाएं फी में इंटू आप सबसे बनाना चाहते हो आपको पैसे पे करके इन बनाना पड़ेगा आप यहाँ से बनाना चाहते हो तो कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बता देगा घंटे का क्लिक कर देगी जब भी मैं मीडिया आप लोग को सबसे पहले आपको डेट लेकिन मिल सके को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इसको ओपन कर लीजिए ओपन करने के बाद इस तरह इंटरव्यू आएगा आपका एलाउ कर दीजिए कितने सारे इंटो बनाने के लिए पिक्चर है गए मूवी जी कोई भी एक चूज करके बना सकते हो कोई भी पैसा नहीं लाएगा कोई भी शॉप से बनाने के लिए आपको पैसे पे करने के पड़ेगा यहाँ से आप फी में बना सकते हो इंटो चलिए देख तो आपको सिखाते हैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इसको फोर एटी में डाउनलोड करना पड़ेगा इसको डाउनलोड करना पड़ेगा यह अभी डाउनलोड हो रहा है आप शॉप से बनाना चाहते हो तो आपको पैसे पे करके इंटो तो बनाना पड़ेगा आप यहां से इंटर बना गए तो आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा फी आपको फी में बना सकते हो यहां पर चलिए डाउनलोड हो जाने दो इसको डाउनलोड हो जाने के बाद इस तरह आपको इंटरफेस आएगा क्लिक करिए जहाँ पर भी हो इस तरह आपका इंटर शो हो होगा अपना चैनल का नाम दे सकते यहां का नाम है बॉस जी दे देता पर आपका चैनल का नाम डालेगा यहाँ पर कर देता है टिक मार करने के बाद यहाँ पर काफी सारा डिजाइन करने के लिए आएगा देख सकते हो तो कलर भी चोइस करते हो यहाँ पर वीडियो का कितना बड़ा ढक टैग देख सकते तो ये अच्छा है क्लिक तो कर देता हूँ सेफ कल करके दिखाता हूँ आपको इस तरह कैसे आपका इंटरेस्ट वो होगा वीडियो में यहाँ पर भी आपका जनरल का नाम डालिएगा दीजिएगा। इसका वीडियो में सेट कर लीजिएगा। देख सकते हो इन तो कैसा बना कोई भी पैसा नहीं लगेगा यहाँ पर इन तो बनाने के लिए टिक मार कर दीजिएगा आप देख सकते हो तो दिखाता है का देख सकते हो तो अपना आपका बन गया है टार्ट करके दिखाते हैं आपको देख सकते इंडो कैसा बना आप मेरे मेरे चैनल चैनल पे पहले को सब्सक्राइब आपके पैसे दीजिए